दोस्तों कैसे आप लोग आप लोगों से कमेंट दो तीन लोगी थे इससे आप लोगों ने बताया कि मिशन कंप्लीट करो से करो इसके ये वीडियो बना रहे हैं आपको तो बताते हैं कैसे एडमिशन पा रहे होंगे सारे और कैसे वो होंगे और हमारी वीडियो को इतना प्यार मिल रहा है

एक दिन मैं पाँच के ऊपर व्यूज़ हो गए थैंक यू सो मच इसी तरीके से आप लोग इस तरीके से वीडियो देखते हैं उसी तरीके से सब्सक्राइब भी कर दिया करें सब्सक्राइब सिर्फ तो हुए हैं और व्यूज़ आ गए पाँच के ऊपर प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो कमेंट किया करो लाइक कर दिया करो जिससे आप लोग देखते हैं वीडियो को एक सब्सक्राइब भी कर दिया करो ज़्यादा अच्छा लगे हमें क्योंकि

अभी बहुत कम है सब्सक्राइबर तो ये सपोर्ट करिएगा गर आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे और कैसे आपका वो मोड होगा ठीक चलिए स्टार्ट करते हैं और गेम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अनलिमिटेड मनी अनलिमिटेड कॉइन वाला

दोस्तों इन सब रेसों में आपको 5.5 स्टार लाना है उसी से ओपन होगा आपको बताते हैं एक अपनी रेस कंप्लीट करके आईडी का नाम देखो शायद आप लोगों ने ध्यान ना दिया देख कर के नाम देखना अच्छा सा नाम रखा है अपने पी जी के नाम पे मोदी जी कार्ड बना दें

जो भी वो होते हैं मिशन पहला मिशन होगा उसमें ये वाली गाड़ी आएगी दूसरे में दूसरी ऐसे होती है ये जो, जो चल रहा है ये तीसरा है शायद तीसरा वाला है इसमें सबसे स्पीड वाली यही गाड़ी थी इसकी 300 कुछ है स्पीड तो इसीलिए यही ली हमने काफ़ी अच्छी कार है वो घर काटे काटे चल रही है ओके

अच्छी चल रही है आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखी होगी बूढ़े बाबा वाली ओम फो वाली अच्छी लगती है ये हमारी गाड़ी क्रैश कर गई ज़्यादा देर से घुमा दिया था हमने उठते हैं फिर से अपनी ड्राइव करते हैं इसकी सेटिंग चेंज करेंगे थोड़ी इसमें देखेंगे कंट्रोल से होते हैं आगे जो आगे गेम खेलेंगे उनमें कर चेंज करेंगे चलो भैया इज्जत का सवाल है रिकॉर्डिंग चल रही है बार बार टकराव

जो देखते हैं वीडियो वो भी भाग जाएंगे ये तो दारू भी चलाता है गाड़ी अल्लाह आसन लाइसेंस दे दिया है हमको तो। यही सोचेंगे ये पर कच्चे उड़वा हमारी गाड़ी अब पैर करानी पड़ेगी चलो आए जल्दी पहला दिखा दे रहे हैं आपको ऐसे आराम से बाकी

इस्पीड में निकाल देंगे हाँ बहुत लंबी बन जाएगी ना बिल्डिस्ट लिए है ना? नॉर्मल दिखा दे रहे हैं प्ले, फिर उसके बाद स्पीड में निकाल देंगे आप लोग भी बोर ना हो और आपको पता भी चल जाए कैसे अनलॉक होगा क्या नहीं अभी तक तो नंबर एक ही पर चल रही है अपनी गाड़ी शॉर्टकट देखिए

चलो कम्प्लीट अपना हो गया फिनिश नंबर एक हम दिखा रहे हैं आपको इसमें भी जीते हैं फर्स्ट पे तो हमें मिलेंगे पूरे फाइव स्टार दोस्तों ये वीडियो हमारी नहीं है हमने दूसरे के लिए है बस ये वीडियो इसलिए लिए है कि आपको बता सके कि गेम खेल के ही पार होगी ऐसे नहीं पा वो खुल जाएगा मोड

तो इसमें दिखा आपको दिखाया गया है कि यहाँ किस तरीके से आप सारे मिशन पार करेंगे और कैसे आपका वो मोटर मोड खुल जाएगा तो बस ये देख कर ये वीडियो आपको पता चल जाएगा कैसे देखें कैसे पार होंगे मिशन कैसे ठीक है और इस वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी चला देंगे क्योंकि तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो क्योंकि बहुत सारे

इसमें गेम खेलने होंगे ना इसलिए जहाँ से बदल लंबे हो रहे हैं तो आप देख करिए निकालेंगे ठीक है

A place that they never find. I'm afraid. I wake up when I die, and it is too late to climb any mountains. Memories of the answers, the blood running through our veins. It's best to not feel sorry when it's over.

Now I think I deserve no feeling no feeling if you didn't take me to hell i can feel it.

कर रहे हैं आपको समझ में आ गया कैसे ये ओपन होगा तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू धन्यवाद मिलते हैं आगे अगली एक कोई नई वीडियो में इसमें आपको आपके गेम एम गेम का एक्सपीरियंस करने के लिए के साथ चलिए मिलते हैं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें प्लीज़